हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटाइल लेकर तो आज हम इसमें बात करेंगे दोस्तों सी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दोबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट इस नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए तो सी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी है बहुत जरूरी है तो सी का रास्ता अब साफ हो चुका है सप्ताह के अंदर विज्ञापित होंगे ग्रुप सी के तीस पद तो तीस वैकेंसी जो हैं अब सी के जरिए पूरे हरियाणा के अंदर ली जाने वाली हैं दोस्तों और बड़ी बड़ी भर्ती है दोस्तों ये बहुत समय बाद ये वैकेंसीज आ रही हैं और ये बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है कट्टर सरकार ने ठीक है दोस्तों चंडीगढ़ से न्यूज़ देख लेते हैं एक बार हरियाणा में पिछले काफ़ी समय से लंबित चल रही संयुक्त पात्रता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है अगस्त माह में यह परीक्षा होने संभावित है मतलब कि आप तैयारी में जुट जाइए अगस्त से पहले पहले आपका जो ए का एग्ज़ाम है वो हंड्रेड हो जाएगा ठीक है दोस्तों इस बात की श्योरिटी यहाँ पर हरियाणा सरकार ने दे दी है और हरियाणा कर्मकारी चयन आयोग सप्ताह भर के अंदर ग्रुप सी के करीब 30,000 पदों पर विज्ञापित करेगा तो 30,000 हज़ार नवी भर्तियाँ बड़ी भर्तियां, अलग अलग वेकेंसी सैलरी के हिसाब से यहां पर देखने को आपको मिलेंगी सी के जरिए जितनी भी भर्तियां हैं अब वो होंगी इसके बाद ग्रुप डी के पदों को विज्ञापित किया जाएगा ठीक है दो उसके बाद ग्रुप डी के वैकेंसीज हैं वो निकाली जाएँगी और उनकी भी भर्तियाँ सी के जरिए अब होगी ग्रुप सी के करीब दस तकनीकी पदों की शैक्षणिक योग्यता के मामले में हरियाणा सरकार ने सुलझा लिया है कक्षा दसवीं के दो साल के डिप्लोमा को सरकार ने कक्षा बारहवीं के समक्ष माना है ठीक है दोस्तों तो यहां पर क्लियर कर दिया है दसवीं का दो साल का डिप्लोमा है वो बारहवीं के बराबर ही यहां पर काउंट किया जाएगा पहले दिक्कत ये आ रही थी कि चालक समेत दर्जन भर से अधिक पद हैं जिनके लिए कक्षा दस की योग्यता जरूरी है लेकिन वे ग्रुप सी में आते हैं सी के लिए पहले ही यह तय है कि ग्रुप सी के लिए कक्षा बारहवीं सतर और ग्रुप गुर, बी के लिए दसवीं कक्षा स्तर की परीक्षा होगी इस मामले को लेकर एच ने हरियाणा सरकार के पत्र लिख इस मामले में निर्देश मांगे थे मुख्य सचिव की ओर से सीई टी की संशोधित पॉलिसी जारी कर दी गई है ठीक है दोस्तों तो आपकी अभी सारी भर्तियाँ जो हैं सी के जरिए होंगी नई भर्तियाँ तीस भर्तियाँ जो हैं अब सी के जरिए आपकी ली जाने वाली हैं तो आप सभी तैयारी करें अपना अगस्त में आपका जो है ये एग्ज़ाम 100 परसेंट हो जाएगा और आगे देख लेते हैं इसके तहत तो अब तकनीकी पदों के आवेदनकर्ताओं को भी बारहवीं कक्षा के सत्रह की परीक्षा देनी होगी ठीक है दोस्तों इस परीक्षा के बाद प्रदेश में करीब पचास पदों को भरा जाना है और इसके बाद और ज़्यादा 50,000 पद जो हैं भरे जाएंगे हरियाणा सरकार ने यह नोटिस डाल दिया है 30,000 पद भरने के अलावा तीस हज़ार पद जो हैं उनको छोड़कर भी और ज़्यादा 50,000 पद जो हैं भरे जाने हैं और 20,000 पद जो हैं ग्रुप डी के होंगे इसके अंदर तो 20 ग्रुप डी वालों आप सभी तैयारी करें अपने बीस पद जो हैं आपके लिए यहाँ पर सुनिश्चित कर दिए हैं हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के पदों के बाद में विज्ञापित किया जाएगा इसके लिए सभी विभाग विभागों से डाटा यहाँ पर मांग लिया गया है कि यहाँ पर कितनी वेकेंसीज़ खाली हैं कितनी नहीं हैं कितनी पोस्टें खाली हैं यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पर हरियाणा सरकार ने ब्योरा जो है मांग लिया है और आपका यहाँ पर डिटेल अभी